नमस्कार मैं पंकज आप सबका स्वागत है द ग्रुप ऑफ इम्पैक्ट मीडिया द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स और बीबीसी ट्वेंटी फोर इंटू में आज हम खड़े हैं संकटमोचन मोचन जय धर्म राजेशन के बैनर तले यहाँ पे देख पा रहे हैं मैं जहाँ खड़ा हूँ यहीं पे करीब में ही संकटमोचन मोचन वीर हनुमान जी का एक मंदिर है जो प्रभु राम जी के प्यारे माँ सीता के दुलारे और ग्यारवा रुद्र बाबा भोलेनाथ के अवतार हैं आज उनके ही प्रांगण में एक भव्य यज्ञ और अष्टजाम 24 घंटा के लिए हो रहा है यह राम नवमी के दिन से ही हो रहा है तो आइए इसी से जुड़ा हुआ यहाँ के तमाम पदाधिकारियों से आपको रूबरू करवाते हैं और चीजों को और स्पष्ट तरीके से प्रेम से कहिए जय श्री राम हर हर महादेव जय बजरंग क्लास में पढ़ते हैं हनुमान हनुमान जी से आशीर्वाद आपको मिला हनुमान जी से क्या मांगते हैं आप वाह तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री हाँ प्रणाम क्या नाम है आपका भिशनु। तो विष्णु जी आप क्या बने हैं उधर ही राम, राम बने हैं तो और आप क्या बने हैं सीता तो विष्णु बाबू आपको ये कहाँ से कौन बोला कि राम जी बनना है ज्योति दीदी बोली आपको अच्छा लगा राम बनके के राम जी से पूजा राम जी को पूजा करते हैं क्या मांगते हैं राम जी से बोलिए क्या मांगते हैं हाँ बाबा वेरी गुड बहुत अच्छा हनुमान जी आपको ज़रूर देंगे राम जी आपको जरूर देंगे और सीता मैया क्या नाम है आपका तो मेघा आपको कैसा लगा माँ सीता का रोल करके अच्छा लगा अच्छा लगा तो आप कल जो रामनवमी होने वाला है आज किसके मंदिर में आप खड़े हैं हनुमान जी के मंदिर में ना तो कल के लिए आप क्या संदेश देंगे देशवासियों को लोगों को कल जो रामनवमी होने वाला है तो आप उनसे क्या बोलना चाहते हैं लोगों से आप मैं अच्छा और आप क्या हनुमान जी से मांगती हैं है? वाह तो आपका क्या सपना है आगे बड़े होकर क्या पढ़ना चाहते हैं वो वाह वाह हेड्स ऑफ यू आप जरूर बनेंगे एक दिन हनुमान जी आपका जरूर पूरा करेंगे लेकिन मन लगा के पढ़िएगा हाँ और अपने से बड़ों को बहुत आदर कीजिएगा ठीक है छोटों को बहुत प्यार कीजिएगा और अपने देश से प्यार कीजिएगा तो एक बार बोलिए भारत माता की भारत माता की जय श्री राम आपका स्वागत है द ग्रुप ऑफ इम्पैक्ट मीडिया द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स और बीबीसी 24 सी ट्वेंटी फोर सेवन में मैं पंकज आप अपने बारे में बताइए आपका शुभ नाम मेरा नाम है दित्येश नहा मैं हमारा संकट मचन जय धमराज फाउंडेशन का मैं चेयरमैन हूँ जी तो मेरे साथ संगठन का और सब आदमी है एक्चुअली हम लोगों ये जो प्रोग्राम है संकट जय धमराज फाउंडेशन के तरफ से हम लोग का प्रोग्राम रामनवमी दिन से ही शुरू हो गया था हम लोगों का शुभारम्भ हुआ था शोभा यात्रा के माध्यम से उसके बाद से हम लोगों का यहाँ पे भंडारा का प्रोग्राम किया गया है ऑस्ट्रो नाम जॉब और नाम संकीर्तन आप सुन रहे हैं पीछे हम मेरे पीछे वो नाम संकीर्तन हो रहा है हम लोग इधर इसके अलावा यहाँ पूजा का प्रसाद वितरण भी, भी किया गया है और भंडारा की व्यवस्था भी किया गया है और हम लोगों का एक्चुअली हम लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है तो वो समाज सेवा में लोग काम ज़्यादा करते हैं हम लोग पोस्ट काम में व्यस्त रहते हैं हम लोग जो गरीब बच्चों है उसके लिए किताबें वितरण करते हैं और मेडिकल हेल्थ चेकअप कैम्प ये जो प्रोग है और गरीबों के लिए खाना जो मतलब असह्य है लोग हैं रास्ते में रहते हैं उनके लिए खाना वितरण ये मजदूम मतलब से हम लोगों का काम ही ये है और हम लोग ये काम पाँच साल से कर रहे हैं और हम लोगों का मतलब कोई गरीब आदमी का या कोई असह्य आदमी का पैसा के वजह से इलाज ना हो ऐसा ना हो इसलिए हम लोग एक तो हम लोगों का संगठन की तरफ से हॉस्पिटल बना रहा है वो हॉस्पिटल का काम अभी जमीन हम लोगों का मिल गया है अभी हम लोगों का वो चालू हो हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन का काम चालू होगा और जो गरीब बच्चों है वो किताब उसके लिए जिसको मतलब पैसा के लिए पढ़ नहीं पा रहा है ऐसे बच्चों के लिए भी हम लोग अभी फिलहाल दो स्कूल अभी हम लोग इस संगठन के नाम पे चला रहा है वो तो स्कूल अभी मोटा मोटी एक, एक महीने के अंदर चालू हो जाएगा उसके बाद और भी स्कूल हम लोग इस संगठन के अंडर में लेने वाले हैं और मोटा मोटी हम लोगों का मोटो है जैसे भगवान श्री राम के उद्देश्य पर चल रहा है जैसे और हनुमान जी का सेवा उसके अंडर में रहकर हम लोग लोगों का भी जैसे भला कर सकें जैसे कोई आदमी भूखा ना रहे कोई मतलब लाइलाज ना रहे ऐसा देखने के लिए यही मैं आप लोग कितने वर्षों से ये कार्य को करते हैं जैसे कि पाँच साल बताएं लोग कर रहे हैं कांस्टेंट कर रहे हैं अभी हम लोग का रजिस्ट्रेशन तीन साल का है जी जी तो आप ये जो बच्चों को शिक्षा सामग्री जो आप लोग वितरण करते हैं हाँ। अब तक लगभग कितने बच्चों को आप लोग दे चुके हैं हम लोग ऐसे क्वांटिटी के हिसाब से नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग कैम्प के माध्यम से कर रहे हैं वो तो हम लोगों का जो इधर जो मंदिर का बगल में हम लोग इधर से काम पहले शुरू किया था मतलब तीन साल से ये हम लोग का म्युनसिपल कॉरपोरेशन का हर एक जगह में कर रहे हैं ऐसे कोई वो नहीं है कि इधर कर रहे हैं सिर्फ इधर हो रहा है वो नहीं हर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मतलब हर वार्ड में हम लोग ये काम कर रहे हैं इवन की आप लोग पंचायत इलाका में भी कर रहे हैं पंचायत इलाके में भी कर रहे हैं और हम लोगों का प्रोग्राम है नक्सलवाणी में भी हम लोग जोगा जो कर रहे हैं अभी मतलब मोटी इधर म्यूनिसपाली इलाके के, के बगल में भी हम लोग काम करने का कोशिश कर रहे हैं और आपका सबका अगर सहयोग रहेगा तो हम लोग बहुत लोगों का और भी उपकार वाला कार्य करेंगे आप लोगों का ये उद्देश्य क्या है ये काम करने के समाज सेवा मेन है ही है लेके मैं तो जी आप हमें ये बताइए कि आज ये अपना जो संकट मोचन जय धर्मराज फाउंडेशन में जुड़ करके आपको कैसा अनुभूति हो रहा है मेरा बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो जो हम इतना जो जिसका सेवा करना, करना पा रहे है जैसे श्री राम जी का भक्त बनना पा रहे है जैसे हनुमान जी का भक्त हो दिया भक्त होकर हम ऐसा कर पा रहे हैं कि जो दरिद्र जो के लोग हैं जो तो हम लोग हॉस्पिटल खेल काम हो ऐसे में काम करना पा रहे तो बहुत खुश क्योंकि जो मानव धर्म का तो सेवा ही वही धर्म है कर्मी तो धर्म है, कर्म धर्म है। को तो करना करना चाहिए करो में ही धर्म होता है इसीलिए हम लोग थोड़ा सुख कर थोड़ा थोड़ा करके कर रहा हूँ इस संगठन हमारा फाउंडेशन है कोई ऐसा आदमी है वो दिनदार हो किसी को हेल्प करना चाहते हो किसी को कुछ हेल्प करके क्योंकि जो बीमारी लोग का हेल्प कर जाता है जो पढ़ नहीं करता है वो बच्चा का हेल्प करना चाहता है तो उसके उस में अगर ऐसा है। हेल्प करने का प्रार प्रार कोई है तो इसमें जुड़ सकता है जुड़कर अच्छा काम करें धन्यवाद धन्यवाद जैसे कि मैंने अभी वार्तालाप किया ऑफलाइन जब मैं था तो यहाँ पर पता चला कि आप लोग रामजान की भूमि पूजन आरंभ करने वाले हैं तो ये स्थान कहाँ पे है और कब करने वाले हैं इसका दिशा निर्देश क्या है थोड़ा बताइए जी जी मंदिर मंदिर का का भवन में हम लोग कल की भूमि पूजन करेंगे और कल हवन भी इधर होगा वो जमीन में हवन होगा उसके बाद हम लोग भूमि पूजन करके काम अच्छा अच्छा मंदिर का, का कार्य अच्छा अच्छा मंदिर में क्या करने वाले हैं अभी आप लोग जैसे मंदिर तो ऑलरेडी बन चुका है और एक राम जान की मंदिर बनवाएंगे और इसको घेरा बाउंड्री वगैरह भी करवाने का प्लान है घेरा बाउंड्री पाने का प्लान है और एक तो हम लोग का प्लान है की इधर में छोटा मोटा भवन बना गया जाते इधर का कोई मतलब जितना आदमी लोग कोई बच्ची का कोई शादी हो, हो या कोई प्रोग्राम हो जो कम पर खर्चा में हो जाएगा इसलिए उसका भी कोशिश कर रहे हैं हम लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद कैसा लग रहा है ये अष्टजाम में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है तो आप अष्टजाम करने गाने नहीं गए था गए थे चलिए डांस किया आपको कैसा लगा बहुत अच्छा लगा सर तो ये कितने कितने दिनों का है आपके घर के सामने में एक दिन और एक ना। अच्छा जब आपके घर के आसपास में इस तरह का पूजा अनुष्ठान होता है तो कैसा लगता है आपको बहुत खुशी सामने में ये क्या हो रहा है कुछ आपको पता है ये हम लोग का घर का सामने में हम लोग का ही मंदिर है जे, जे। जी जी हनुमान जी शोचन हनुमान मंदिर है जी आज ये हनुमान जयंती है आजियाँ हनुमान जयंती का महोत्सव हो रहा है जी या... और सुनने को मिल रहा है आज हनुमान जी का जन्मोत्सव और एट, आ, बहुत आदमी इसको जयंती के रूप में भी आ, उचारित करते हैं है न तो आपके हिसाब से इसके बारे में क्या राय है ये हनुमान जी का जयंती है या हनुमान जन्मोत्सव है ये हनुमान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है तो जयंती और जन्मोत्सव में क्या अंतर है अंतर तो बहुत है इसमें डिफरेंट है जैसे क्योंकि हनुमान जयंती जो हनुमान जो मतलब मर जाते हैं उन्हीं का जयंती मनाया जाता है और हनुमान जी तो अजर अमर है वो तो, तो अब भी है इनका इसलिए जन्मोत्सव मनाया जाता है क्या नाम है आपका मेरा नाम लीला सुनारा है आप सभी को संकट मोचन हनुमान जी बहुत खुश रखें। धन्यवाद। धन्यवाद। तो रखे ठीक है से आरती हो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जग पार्वती पिता महादेवा पानी चढ़े फूल चढ़े और चढ़े लड्डू ललवन का भोग लगे संत कर सेवा एक